हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम ऑन ऑफ की के बारे में जानने वाले रेडमी एट चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं यदि आपके फ़ोन में ऑन ऑफ की वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये ये स्टेप फॉलो करनी है फर्स्ट स्टेप आपको ग्राउंड चेक कर लेना ग्राउंड ग्राउंड से प्रॉपर है कि नहीं सेकेंड स्टेप जो है हमारी ऑन ऑफ की का ये सप्लाई दिख रहा है पावर ऑन ऑफ की ये वाली बटन ये वाली बटन का सप्लाई यहाँ गया है अगर यहाँ से यहाँ पे ट्रैक नहीं होंगी तो आप यहाँ से यहाँ जंपर मार के प्रफर कर सकते हैं। यदि आपका काम उससे भी नहीं हो रहा है तो आप ये तीन कंपोनेंट देख लीजिए। ये जो है फर्स्ट वाला अपना ऑन ऑफ की का है ये कंपोनेंट चेक कर लीजिए और ये पावर आई चेक कर लीजिए ठीक है और उसके बाद भी नहीं होता है तो ये वाली एक और पावर आई दो पावर आई में गया है इसका सप्लाई अभी और दूसरी बात यह है और ये जो ऑन ऑफ वॉल्यूम की है वॉल्यूम की के भी यहाँ कंपोनेंट दिए हुए है और वॉल्यूम वॉल्यूम की के भी वॉली अप कंपोनेंट है वॉल्यूम डाउन के कंपोनेंट है ठीक है वॉल्यूम के अप की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट सी में गई हुई है और वॉल्यूम डाउन की सप्लाई डायरेक्ट पावर में गई हुई है चलिए बस आज का टॉपिक इतना ही था अगर अभी तक कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय बाय yeah